सिंगरौली में चितरंगी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोर गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरों से चोरी का सामान भी जब्त किया है उप निरीक्षक विनय शुक्ला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय प्राचार्य लग्नधारी यादव द्वारा चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी जिसमे अज्ञात व्यक्ति द्वारा विद्यालय ऑफिस की कीमती सामग्री चुराने की बात कही गयी रिपोर्ट के आधार पर संदेहियों को पुलिस हिरासत में लिया गया और जब उसने पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी की वारदात को स्वीकार कर लिया चोरों के कब्जे से चोरी की गई सामग्री बरामद कर ली गई है जिसकी अनुमानित कीमत तीन लाख बानवे हजार है दिनांक दो हजार बाईस को चित्री उत्कृष्ट विद्यालय के प्रचार द्वारा थाने में आकर सूचना दी गयी की अज्ञात चोरों ने उनके कक्ष का ताला तोड़ एवं कंप्यूटर लैब का ताला तोड़ उनके कक्षे से एलई टीवी, डीवीआर, सीसीटीवी कैमरा एवं कंप्यूटर लैब से सात कंप्यूटर और सी वगैरह चोरी कर लिए गए हैं सूचना के आधार पर धारा तीन एवं चार सौ सन्तावन का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में एक टीम गठित कर मामले की छाननी शुरू की गई पूछताछ के दौरान पता चला कि रात घटना से एक दिन पहले रात्रि करीब ग्यारह साढ़े बजे के आसपास राके से राकेश उर्फ छोटू बाली एवं अनूप सिंह गौण उर्फ लाला स्कूल के आसपास देखे गए थे संदेह के आधार पर दोनों को घर से उठाया गया एवं थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने नेोटी करना स्वीकार किया एवं उनके घर से लगभग चोरी या तीन लाख बावन हजार संगीत की सोलहियों चंबल के भीड़ों ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी महलों तक ठेलों ऐसी मेलों तक पगडंड ऐसी सड़कों तक गाँव से शहरों तक व्यापार ऐसी उद्योगों का राजनीति से कूटनीति तक दखन न्यूज आपके हक हाँ आप देख रहे हैं दखन न्यूज